के मेरे जाते ही मुंह का, मतलब? का, मतलब? का क्या मतलब और मेरे आते ही इतना शर्माने का क्या मतलब? मेरे जाते ही मुंह चढ़ाने का क्या मतलब और मेरे आते ही इतना शर्माने का क्या मतलब ये इश्क नहीं तो क्या है जाने मन यू चोरी चोरी नजरें मिलाने का क्या मतलब दागे। दागे।